चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आपको फोटो में कुत्ता हाथी और गाय के चेहरे दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए चौदह ऑप्शन बी पंद्रह ऑप्शन सी छब्बीस या ऑप्शन डी छः आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए